मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर बना देती है किसी से मोहब्बत मत करना काम का सारी जिंदगी अपनी ही नजरों में खुद शर्मिंदा होते रहो